दिल टूटने पर आवाज नहीं होती बस अश्क आंखों से निकल आते हैं ये तो हुई पुरानी बात लेकिन जनाब ये मॉडर्न जमाना है यहाँ ब्रेकअप होना उसका ऐलान भी डीजे बजाकर किया जाता है जब एक <laughs>